बाबा ऐसी कृपा हो मेरा जीवन सफल हो तेरे चरणों में बीते दिन मेरा बनकर सेवक मैं तेरा करूँ इस दिन मैं सेवा मेरे सिर पर सदा हो तेरा ओ श्याम मेरे श्याम